मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता विधानसभा में लहसुन की बोरियों के साथ पहुंचे और कहा, भाजपा सरकार के कारण किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है इस समय लहसुन का सही दाम नहीं मिलने से किसान लहसुन को नदी तालाबों में फेंक रहा है मानसून सत्र की शुरुआत मंगलवार से हो गई है हंगामे के बीच कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए इस दौरान कांग्रेस नेता लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा पहुंचे और विरोध स्वरूप लहसुन की बोरियों को विधानसभा के बाहर फेंक दिया कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया है किसानों को लहसुन का सही दाम नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कहा किसानों के दर्द को सरकार समझे आज किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है उन्होंने कहा सरकार विधायक खरीद रही है किसानों के लहसुन नहीं खरीद रही बेचो गांव-गांव अब है, अकेले भोपाल नहीं। गांव में तो तो भोपाल लोगों की जानकारी में आ गया सरकार की राजधानी है लेकिन गांव में भी बड़े बड़े फैक्ट्रिया खुल गई है जो आम आदमी को बर्बाद करने पे उतारुक है और करोड़ों रुपए की लूट आबाकारी में हो रही है में चर्चा होगी इसकी शोर शराबा सो, बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैंने कहा भी है की सार्थक बहस हो हम बहस करना चाहते हैं सरकार अगर तानाशाही रवैया बनाएगी तो मजबूर में हमें अभी कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा आज विधानसभा में प्रदर्शन नहीं किसान के दर्द को लेके आए थे की मुख्यमंत्री और सरकार उस किसान के दर्द को समझे जिस किसान की लागत तो छोड़ो मजदूरी नहीं निकल पा रही कि आज घर में रखा लसन अगर फेंकने जाए तो उसकी मजदूरी नहीं निकल सकती पर किसान के साथ जो है गोली मारते हैं लागत आदि करने की बात कही थी डीजल के भाव बढ़ा दिए बिजली के भाव बढ़ा दिए कहीं ना कहीं खाद के भाव बढ़ा दिए कीमतें जो दस से पंद्रह रुपए कुंटल लसन बिका करती थी वो आज सौ रुपये कुंटल बिक रही है कोडियों के दाम पे भी लहसुन उस दर्द को लेके आए थे पर सरकार ना तो चर्चा करना चाहती है सिर्फ भगना चाहती है कि कैसे किसान से भगने का काम करे किसानों की आवाज को और दर्द को लेके हम सदन में लेकर वही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि शिवराज सरकार में किसानों को उनके फसल का सही दाम मिल रहा है लेकिन लहसुन में कुछ किसानों की क्वालिटी सही नहीं है जिसकी वजह से रेट कम मिले हैं बाकी किसानों को सही दाम दिए जा रहे हैं बीजेपी की सरकार किसानों को लेकर सजग है देखिए आज बाजार का मंडी रेट आप खुद देख लें कि अच्छा लसन जो है, वो अच्छे रेट में बिक बिकरा लेकिन जो लसन लगातार, जो लगातार की क्वालिटी ठीक नहीं है जिसकी कली और जिसमें बीमारी लगने से कीड़ा लगने से लसन खराब हो गया दो दिन से ज्यादा ठीक नहीं सकता उसी लसन के रेट कम है बाकी मांग और पूर्ति पे रेट चलते लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब किसानों की सरकार है हमने अभी मूल समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं और अगर हम नहीं खरीदते तो तीन हजार चार हजार रुपये बिकता जो सात हजार दो सौ पिछहत्तर लोग नहीं किसानों से खरीद रहे हैं बिल्कुल किसानों से खरीद रहे हैं और किसानों को हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है